हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है देखो कितना मस्त मौसम हुआ है ये हमारा स्कूल है सरकारी सेकेंडरी स्कूल ये हमारी छत पेड़ पौधे लगे हरियाली है यहाँ पर देख सकते हो आप ठंड का मौसम सब हरियाली हरियाली है यहाँ पर हमारे देखो